हेलो फ्रेंड मैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं प्रश्न क्रमांक पहला पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं ए दैनिक गति के कारण बी वार्षिक गति के कारण सी छमाह गति के कारण डी त्रिमाहिक गति कारण इसका उत्तर है ए दैनिक गति के कारण क्वेश्चन नंबर दो सबसे बड़ा ग्रह है ए बृहस्पति बी पृथ्वी सी यूरेनस डी शुक्र इसका उत्तर है बी सॉरी ए बृहस्पति क्वेश्चन नंबर तीन सबसे छोटा ग्रह है ए मंगल बी सन्नी सी बूथ डी नेपच्यून, इसका उत्तर है सी बूथ क्वेश्चन नंबर चार अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है ए प्रशांत महासागर में बी हिंद महासागर में सी आर्कटिक महासागर में डी अन्य इसका उत्तर है बी हिंद महासागर क्वेश्चन नंबर पाँच पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है ए तांबा और जस्ता बी निकेल और तांबा सी लोहा और जस्ता डी लोहा और निकेल इसका उत्तर है डी लोहा और निकेल क्वेश्चन नंबर छः मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान प्रथम देश कौन सा है तो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है ए फ्रांस बी रूसी संघ सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उत्तर है बी रूसी संघ यानी रूस क्वेश्चन नंबर सात निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है ए ब्राजील बी भारत सी अमेरिका डी चीन इसका उत्तर है सी अमेरिका क्वेश्चन नंबर आठ इनमें से किसको जापान का मैनेस्टर कहा जाता है ए ओसाका बी टोक्यो सी नागाशा डी या इसका उत्तर है ए ओसाका प्रश्न क्रमांक नौ भारत की के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी ए जवाहरलाल नेहरू बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक डी व्योमचंद चटर्जी बनर्जी इसका उत्तर है सी बाल गंगाधर तिलक क्वेश्चन नंबर दस अठारह सत्तावन के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ए लार्ड केनी बी नील आरमस्ट्रॉ सी जॉन मथाई डी अन्य इसका उत्तर है ए लार्ड केनी क्वेश्चन नंबर ग्यारह भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था ए की संस्था बी आर्य समाज ने सी ब्रह्म समाज ने डी अन्य इसका उत्तर है बी आर्य समाज क्वेश्चन नंबर बारह विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है ए नर्मदा बी सिंधु नदी सी कोसी पी गोदावरी इसका उत्तर है ए नर्मदा क्वेश्चन नंबर तेरह इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है ए पूंजी मोदे ने बी डीएलएफ ने सी सेबी ने डी एन इसका उत्तर है सी सेबी ने क्वेश्चन नंबर चौदह कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है ए केरल राज्य में बी कर्नाटक राज्य में सी तमिलनाडु राज्य में डी त्रिपुरा राज्य में इसका उत्तर है बी कर्नाटक राज्य में क्वेश्चन नंबर पंद्रह भारत की प्रथम बहुउद्देशी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी ए कावेरी नदी बी गंडक नदी सी दामोदर नदी पर डी यमुना नदी पर इसका उत्तर है सी दामोदर नदी पर क्वेश्चन नंबर सोलह भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमेटिक प्लांट कौन सा है ए तारापुरम परमाणु संयंत्र बी केटेनोम परमाणु संयंत्र सी कुनकुल परमाणु संयंत्र डी अन्य इसका उत्तर है ए तारापुरम परमाणु संयंत्र क्वेश्चन नंबर पंद्रह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ए तोता बी मोर सी हंस डी बुलबुल इसका उत्तर है बी मोर क्वेश्चन नंबर आगरा शहर किसने बसा ए सिकंदर लोधी बी अकबर लोधी सी बहलोल लोधी डी शाहजहा इसका उत्तर है ए सिकंदर लोधी क्वेश्चन नंबर चिन्ह के निचले भाग में उत्कृणित शब्द सत्य में जैते किस संदर्भ से लिए गए हैं ए पुराण बी जातक सी मुद्रकोपनिषद डी महाभारत इसका उत्तर है सी उपनिषद क्वेश्चन नंबर बीस अशोक के शिलालेखों की लिपि है ए गुरुमुखी बी ब्राह्मी सी देवनागरी डी हेरोग्लास्ट इसका उत्तर है बी ब्राह्मी सॉरी थोड़ा वो हो गया है इसका ब्राह्मी है इसी प्रकार जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें